दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है तो आप जो भी लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए तो मैं आपका टॉप आज का जो टॉपिक है वो है आप लोग कैसे बिल्कुल ये चीज सही कैसे भी आप लोग एक फाइल को हिडन कर सकती हैं एक ऐप्स के बिना ये आप कंप्यूटर में जैसे कि किसी में लैपटॉप लैक्टौ, में डेस्कटॉप में कोई भी चीज़ में कर सकती हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए स्किप ना करके तो चला जाता हूँ हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे दोस्तों तो जैसे कि हम लोग मोबाइल स्क्रीन पे चलाया तो सबसे पहले आपको आपकी फाइल मैनेजर में घुस जाइए जैसे कि मैं मेरा फाइल मैनेजर में ये आप एच कार्ड से और फ़ोन स्टोर से वो कर सकती हो जो कोई भी वीडियो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकती हो हिडन तो दोस्तों मैंने जैसे आपको पता है ये सब करने के लिए आपको ये सब कब आपको करना पड़ता है मैंने जैसे कि बताया ये सब करने के लिए आपको जैसे कि आपको कोई पर्सनल वीडियो से वो आप डिलीट नहीं कर सकती और किसी को देखा भी नहीं सकती उसी टाइम पर कोई आपके हाथ से आपका मोबाइल लेके कर वो आपकी गैलरी में बहुत सारी मोबाइल को ऑन करता है तो आप कैसे वीडियो को हिडन करती कर सकती हो तो मैं आपको ये देखाना चाहता हूँ तो पहले जो फोल्डर में आपने उस वीडियो को रखा था उस फोल्डर में घुस जाइए उसके बाद आपने उसको टैप करके टैप करके रखिए उसके बाद ये जो थ्री आइकॉन वाला है ना ये पर क्लिक कर दिया उसके बाद रीनेम उसके बाद ये जो नाम है ना पूरे के पूरे नाम मैं डिलीट कर देना चाहता हूँ डिलीट करना डिलीट करके देना होगा उसके बाद आपको एक डॉट देना होगा डॉट देने के बाद ये फाइल सेव हो जाएगा सॉरी मैं पहले से डॉट दे एक फाइल हिडन कर लिया इसके लिए मैं दो डॉट दे उसके बाद ये मेरा फाइल डन होगा तो जैसे कि मैं दो डॉट दिया उसके बाद मेरा फाइल ये दो ये जो मेरा पहला वाला है वो दो डॉट वाला है उसके बाद तीन डॉट वाला तो आप लोग जैसे कि देख रहे इसको मैं अब हीडन करता हूँ आप लोग प्लीज़ फॉलो कर दीजिए फॉलो करिए यहाँ पर अब तीन फाइव वीडियोज़ है अब मैं इसको हीडन करने के बाद ये थ्री हो जाएगा जैसे कि मैं सेटिंग में चल जाऊँगा यहाँ पर लिखा है शो हिडन फाइल इसको अन इनेबल कर देता हूँ जैसे कि ये तीन फाइल हो गया अभी मैं उसको कैसे आ, कैसे ले आऊँगा ये से तो अब मैं यहाँ पर चला जाता हूँ इसके बाद शो हिडन फाइल में इनेबल कर देता हूँ उसके बाद चला आया अभी तो दोस्तों हो गया ये आज का टॉपिक तो प्लीज़ आप लोग को पास मेरे को एक इतना ही चाहते कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जो भी कर सकते हैं आप लोग करिए क्योंकि आपके मन के ऊपर तो मैं कोई भी जोर नहीं दे सकती हूँ तो प्लीज़ जो भी करिए मन से कीजिए तो थैंक यू फॉर वाचिंग